हाय कैसे हो आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है मैं इधर आया हूँ मेरे साथ शान के साथ इधर प्यारी समझ गई लोग शूटिंग कर रहे हैं इधर शॉर्ट वीडियो के लिए अभी देख लो आप लोग भाई इधर कुछ लोग इधर बैठे हैं इधर देखो भाई देखो इधर बैठे हैं ये लोग अभी देखेंगे इधर कैसे शूटिंग करते है ये लोग हम देखेंगे भाई देखो ये क्या कर बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए ये देखो, देखो तेरे तेरी गाइस लोग शूटिंग कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो दार तो के लिए देखो इधर का लोग लोग भाई देख सकते हो इधर का नजारा भाई। आवा सॉरी हमारा ये उड़ीसा का नजारा है भाई देख लो इधर ये लोग शूटिंग कर रहे हैं <गलांगा> दिन ये हाँ <laughs> भाई लोग इस चैनल में न्यूज जो है वो सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को हम अभी खत्म हो गए हम जा रहे हैं घर नेक्स्ट वीडियो देखना शॉर्ट वीडियो आएगा भाई ठीक है भाई